हमकुम गाइज़ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी रेसिपी विद देख आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो रेसिपी नहीं है वो रेमिडी है जो हम इस कड़ी पत्ता से और अदरक से बनाएंगे तो जो है इसका बनाने का मकसद ये है कि मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब था तो मैं ये अपने लिए बना रही थी कहवा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें जो अब ईद पे हमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीए थी जूसेज पीए थे तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें भी हमने खाई होंगी उल्टी सीधी इसलिए हमारा गला जो है ख़राब किसी ना किसी का हुआ होगा तो ये पीने से जो है आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसको बनाना जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है ये वाले जो है तीन गिलास मैंने पानी के बॉयल करने के लिए रखती हैं और ये पाँच छः जो हैं या सात आठ होंगे ये कड़ी पत्ता के इनको जो है हमने इस तरह से टुकड़ों में जो है पीसीस कर लेने इसके और अदरक जो है हमने अंदर से लेना जो बाहरी वाली साइड है वो नहीं लेनी अंदर से इस तरह से आप काट लें ये अदरक लिया मैंने तो पानी अब जब तक उबल जाए फिर हम इसको पानी में डालेंगे देखिए छोटे छोटे से जो है ये बबल नज़र आ रहे हैं तो इस पर इस जब इतना ये पानी गर्म हो जाएगा तो हमने ये डाल के इसको अच्छे से पकाना है इसका अरक निकल जाए तो इसको ढक के जो है पाँच से आठ मिनट हम पकाते हैं देखिए पक्के जो है ये वन एन हाफ ग्लास रह गया हमने इसका आधा अर्क निकालना था जैसे हमने तीन ग्लास पानी डाले थे तो ये वन एन हाफ जो है डन हो गया है बहुत अच्छे से इसका अर्क जो है निकल गया इसको हम छान लेते हैं देखिये कितना अच्छा मजेदार जो है लग रहा है अब जो है इसको मजीद जो है मज़ेदार करेंगे इसमें जो है एक चम्मच शैद का शामिल कर देंगे अगर आपको ज्यादा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें जो है लेमन जूस का भी एड कर सकते हैं एक चम्मच इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए जी बिल्कुल रेडी है मजेदार सा हमारा कैवा जो हम पिए और दो तीन बार पीने से जो है हमारा गला बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगा ये गले के लिए ही नहीं बल्कि जो बलगम होती है गला खराब होने से जुकाम होने से जो बल्गम होती है पुराने से पुराने बलगम भी ये जो है ठीक कर देगा तो अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर दें बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास बासानी आ जाए अपने प्यारों से ये शेयर भी करें अगर उनका भी गला खराब है तो जो है मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज